क्या आपके पास अच्छा डिवाइस है no! No! क्या आप लोग अपना लैग फिक्स करना चाह रहे हैं यस yes, डेफिनेट तो आप लोग वीडियो विदाउट स्किप करके देखो क्योंकि आज कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिनसे आपका लैग फिक्स हो जाएगा आई शूड हाँ भाई आज आपका लैग फिक्स हो जाएगा बस आपको वीडियो स्किप करके नहीं देखनी है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो वॉट्स अवर फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अन ऑन में और आ चुके हैं फिर से नए इंटरेस्टिंग अपडेट्स तो लीग के साथ तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप अपने लैग कैसे फिक्स कर सकते हो तो मैं आपको कुछ पाँच आसान स्टेप्स बताऊँगा जिनसे आपका लैग फिक्स हो जाएगा तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो तो चलते हैं वीडियो की तरफ बात करते हैं स्टेप नंबर वन तो यहाँ पर स्टेप नंबर वन य है कि अगर आप खेलने जाते हो तो उससे पहले अगर अपने फोन को रीस्टार्ट या रिबूट कर लोगे तो यहां पे आपको कम लैग देखने को मिलेगा ये कैसे आपको कम लैग देखने को मिलेगा तो मैं समझा रहा हूं अगर आपके बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन रन कर रही होगी तो यहाँ आप पे आपका रैम कंज्यूम करेगा यहाँ पे आपका प्रोसेसर कंज्यूम करेगा तो अगर आप रिस्टार्ट करते हो फ़ोन तो यहाँ पे आपके जो फालतू बैकग्राउंड एप्लीकेशन हो वो बंद हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको रैम और आपका प्रोसेसर यहाँ पे फ्री हो जाएगा जिसकी वजह से आपका यहाँ पे गेम को यहाँ पर और रैम और यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिल चलने के लिए मिलेगा तो यहाँ पर आपको गेम स्मूथ चलेगा तो बात करेंगे स्टेप नंबर टू के बारे में तो स्टेप नंबर टू है ये कि आपको यहाँ पर स्मूथ ग्राफिक पे खेल होगा तो भाई मतलब सब कहते हैं आपको स्मूद ग्राफिक पे खेल होगा लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं यहां पे स्मूथ ग्राफिक पे होगा क्योंकि आप जानते होंगे स्टैंडर्ड या अल्ट्रापे हम लोग जब खेलते हैं तो यहाँ पे आपको हाई एनिमेशन देखने को मिलता है हाई एमपीएस या हाई रेजोल्यूशन देखने को मिलता है यहाँ पे आपको टेक्सचर भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं बिल्डिंग्स के तो यहाँ पे जिस इसके कारण क्या होता है कि आपका जो फ़ोन है आपका प्रोसेसर है तो यहाँ पर उसका लोड नहीं उठा पाता है तो यहाँ पर आपके फ्रेम स्किप होते हैं इसी को कहते इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेम ड्रॉप तो यहाँ पर जब आपके फ्रेम स्किप होते हैं तो आपको लगता है लेग हो रहा है तो भाई इसीलिए कह रहा हूँ अगर आप स्मूथ पर खेलोगे तो यहाँ पर आपका फ्रेम ड्रॉप नहीं होगा हीट नहीं होगा और तो आपका यहाँ पे गेम स्मूथ चलेगा तो बात करेंगे स्टेप नंबर थ्री के बारे में भाई अगर आपने एक्सपेंशन पैक डाउनलोड किया है यहाँ पे तो भाई उसको अभी कि अभी डिलीट कर दो क्योंकि अगर आपका यहाँ पे एक्सपेंशन पैक डाउनलोड होगा तो यहाँ पे गेम की साइज ज़्यादा होगी जिसके कारण आपको यहाँ पे ज्यादा रैम और यहाँ पे स्टोरेज लेगा रन करने के लिए तो यहाँ पे आपको लैग देखने को मिलेगा अगर आप यहाँ पे पूरा एक्सपेंशन पैक डाउनलोड कर लियो अगर आपने एक्सपेंशन पैक डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ पे आपको गेम की साइज़ यहाँ पे 0.98 जीबी देखने को मिलेगा तो यहाँ पे नॉर्मली एक अच्छा खासा यहाँ पे रैम कंज्यूम करेगा अगर आपने यहाँ पर अगर पूरा एक्सपेंशन पैक डाउनलोड किया है अगर नहीं किया तो यहाँ पर आपका लैग कम होगा ये नहीं कह रहा कि आप एक्सपेंशन पैक डाउनलोड ही मत करो जो आप यहाँ पे कॉस्ट्यूम पहनते हो वो यहाँ पे डाउनलोड कर लो जितना कम एक्सपेंशन पैक अगर आप अपने लो एंड डिवाइस में डाउनलोड करते हो तो उतना कम आपको लैग देखने को मिलेगा और बात करते हैं कि अगर आप गेम खेलने से पहले अगर ऐप की सेटिंग में आकर फ्री फायर की सेटिंग में जाके यहाँ पे अगर आप क्लियर कैच कर देते हो तो यहाँ पर आपको कम देखने को मिलेगा लैग कम देखने को मिलेगा इससे क्या होगा कि कैच ये होता है कि अगर आपका कोई भी नया इवेंट चलता है तो यहाँ पे आप अगर अपना पेज खोल देते हो तो यहाँ पे वो कैच के कैच की तरह इकट्ठा हो जाता है तो अगर आप उसको क्लियर कर दोगे तो यहाँ पे आपको लैग कम देखने को मिलेगा तो स्टेप नंबर फोर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे स्टेप नंबर फोर ये है कि अगर आप बैटरी सेवर मोड में खेल हो या अगर अगर आपका यहाँ पे चार्ज नहीं है फ़ोन तो भी यहाँ पे खेल लो या चार्जिंग में लगा के खेल लो तो वहाँ पे आपको लैग देखने को मिलेगा तो बात करते हैं बैटरी सेवर या अगर आपका फ़ोन चार्ज नहीं है तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा अगर आपका फ़ोन चार्ज नहीं है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे बैटरी सेवर ऑन हो जाएगा जिसके कारण आपको यहाँ पर लैग देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर सिस्टम ऑक्टोमाइज होने लगता है यहाँ पे यू यूआई आई यहाँ पर ऑक्नमाइज होने लगता है जिसके कारण आपको लैग देखने को मिलता है अगर यहाँ पर अगर आप चार्जिंग पे भी लगा के खेलते हो तो यहाँ पे आपके मतलब फ़ोन पे दो काम होता है यहाँ पे आप इनपुट कर रहे हो और यहाँ पे आप प्रोसेस कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लैग देखने को मिलेगा और अगर आप चार्जिंग में लगा के खेलते हो तो यहाँ पर आपको हीट भी देखने को मिलेगा जिसके कारण फ्रेम डॉप होगा तो भाई यही कह रहा हूँ कि अगर आपके फ़ोन चार्जिंग में लगा के मत खेलो अगर आपका बैटरी लो है तो भाई उसको पहले चार्ज कर लो या और बैटरी सेवर मोड में मत खेलो क्योंकि आपको वहाँ पे लैग देखने को ज़्यादा देखने को मिलेगा तो इस स्टेप नंबर फाइव बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो तो बात करते हैं स्टेप नंबर फाइव के बारे में यहाँ स्टेप नंबर फाइव ही अगर आपके पास स्पेस फ्री मतलब आप यहाँ पर थर्टी आपका स्टोरेज यहाँ पर फ्री होगा तो यहाँ पर आपको कम लैग देखने को मिलेगा क्योंकि आपको यहाँ पर गेम को यहाँ पे स्पेस मिलेगा रन करने के लिए तो भाई यही कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पर थर्टी अपना स्पेस खाली रखना है के कारण आपका कम लैग होगा तो भाई यही सब स्टेप थे जिनसे आपका लैग फिक्स हो जाएगा थैंक यू फॉर वाचिंग सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स एंड लीक्स